सिंगरौली के मोरवा में एक तेज गति से जा रही पिकअप का टायर फट गया और वो पलट गई इस हादसे में लोगों की जान चली गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए इसमें से छ की हालत चिंताजनक बनी हुई है मोरवा थाना क्षेत्र तो के बरवानी तिराहा के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है जहां पिकअप वाहन पलटने से तीन वर्षीय सुशीला अगवीरिया व चालीस वर्षीय तिलकधारी गोड की घटना पर ही मौत हो गई वही एक दर्जन लोग घायल हुए हैं रोज की तरह सुदूर ग्रामीण अंचल सोडिया देवरी चित्रंगी से पिकअप में भरकर मजदूर मोरवा आ रहे थे कि बरवानी तिराहा के कुछ दूर आगे तेज रफ्तार पिकअप का पिछला टायर फट गया जिससे होकर पलट गई हादसे के बाद पिकअप का चालक फरार है हादसे की सूचना मिलने के बाद मोरवा एसडीएम और राजीव पाठक और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया सभी घायलों को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरवा भेजा गया एवं छह की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया यहाँ मजदूरी करते हो आप लोग हाँ। कुल कितने लोग भरे होंगे पिकअप में अरे बहुत सारे लोग थे हाँ। बहुत ज्यादा लोग थे हाँ। कैसे हुआ ये हादसा टायर फट गया था टायर फट गया, गया, गया था तो फिर इ, इस साइड पे गिट्टी था उसमें आ, वो खुदा दिया। अच्छा उसकी वजह से पट गया था वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खाद ऐसी जुड़े मसले हर मसले का